सवाल नंबर एक भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है आपका ऑप्शन है ए सूरत बी नागपुर सी अहमदाबाद एवं डी जयपुर तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद सवाल नंबर दो है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी आपका ऑप्शन है ए मुंबई में बी सूरत में एवं डी मद्रास में तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत में। अब सवाल नंबर तीन है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी तो आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी ने बी गुलजारी लाल नंदा ने सी मुरारजी देसाई ने एवं डी चौधरी चरण सिंह ने तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुरारजी देसाई ने अब सवाल नंबर चार है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसका ऑप्शन है ए शेर को बी हाथी को सी ऊट को एवं डी घोड़ा को तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊट को अब आपका पांचवा सवाल है कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है इसका ऑप्शन है ए गुजरात राज्य से बी उत्तर प्रदेश राज्य से सी बिहार राज्य से एवं डी मध्य प्रदेश राज्य से तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य से अब सवाल नंबर छ है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी को बी बी आर अम्बेडकर को जवाहरलाल नेहरू को एवं डी बी एन राव को तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर को अब आपका सवाल नंबर सात है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे इसका ऑप्शन है ए सरदार पटेल बी महात्मा गांधी सी श्री राजगोपालाचारी, एवं डी कैलाश नारायण तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीराज गोपालाचारी दोस्तों अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें सवाल नंबर आठ है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है इसका ऑप्शन है ए फ्री गैस बी हीलियम गैस सी कार्बन गैस एवं डी नाइट्रोजन गैस तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्री गैस अब सवाल नंबर नौ है किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था इसका ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप ने बी अकबर ने सी मानसिंह ने एवं डी शेरशाह सूरी ने तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने अब सवाल नंबर दस है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी इसका ऑप्शन है ए उन्नीस ईस्वी में बी उन्नीस ईस्वी में सी सौ ईस्वी में एवं डी उन्नीस ईस्वी इस में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उन्नीस ईस्वी में दोस्तों इन दस प्रश्नों में से आप लोगों को कितने प्रश्नों का जवाब पता था कमेंट में जरूर लिख देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत वंदे मात्र